गाइस जैसे आज मैंने गेम ओपन किया वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बुला के बोला जा आज जागर पे आज बताता हूँ बोला क्या है? तो उसने बोला पहले व्हाइट वाली ढूंढ ले तो यहाँ पे मैंने दो पहिया से व्हाइट वाली ढूंढ तो ली है फिर उसने बोला यहाँ पे हैंगर के पास जहाँ तीन चार गाड़ियाँ खड़ी रहती है डाला उस वहाँ पे जाना है तो गाइस वो तो वही यहीं पास ही में है और गाड़ी भी मिल गई तो चलो वहाँ पे चलते उससे पहले आपको प्यारे से फोन की कसम जिसमें आप फ्री फायर खेलते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना लाइक कर दिया क्या थैंक यू यार चलो वो अल ट्रिक करते हैं गाड़ी ट तो भी नहीं हो सकते यार अगर ट्रिक अच्छी तो वीडियो को लाइक करो और आप भी ट्राई करो यहाँ पे देखो रिमोट किया नहीं हुआ आलोक